जल्दी <गता> आना तो है मेरे को लेकर जाना है अरे मारे मोरे माँ अरे मारे मोरे अरे मोरे मोरे माँ अरे मोरे मोरे तो आज मार ये जमीन दोनों कभी भी मिल नहीं पाएंगे लेकिन इस जगह मेरे संग में दोनों मैं कम जूंगी क्या मैं